तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार धमाकेदार वीडियो चलिए पहले तो हम अपने आप के बारे में बताते हैं कि मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरे रुपयापुर ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है हम आपके लिए मज़ेदार ट्रिक और ट्रिक्स वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप बहुत ही आसान तरह से अपना ई सर्फे कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वो भी फिंगर प्रिंट्स और मोबाइल नंबर आधार नंबर के माध्यम से ही बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा ई कार्ड बन चुका है मुझे डाउनलोड नहीं कर मिलता है या नहीं करना आता है तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए बताएंगे कि अपना ई कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं बहुत से लोगों ने अपने घर पे ही ई श्रम कार्ड मोबाइल नंबर पे आधार लिंक के माध्यम से बनाया होगा मगर उन लोगों का पीडीएफ डी एफ अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है यह अचानक हो गया है तो बहुत से लोग बहुत सी तरह से प्रयास करते हैं मगर उनका ई श्रम कार्ड डाउनलोड अभी तक नहीं हो पा रहा है तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे कि अपना ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है तो सबसे पहले अपने क्रोम क्रोच को ओपन करने के बाद ईश्रम श्रम होम पेज को ओपन कर लेना है यहाँ पर टाइप करना है ई कार्ड होम पेज तो यहाँ पे आ जाता है ईश्रम कार्ड होम पेज होम पेज को ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ईश्रम श्रम रजिस्ट्रेशन कैसे करें तो क्या करते हैं सभी लोग कि यहाँ पर बहुत से तरह से जैसे कि यहाँ पे अपना क्या डालते हैं मोबाइल नंबर डालते हैं ओ टी भेजते हैं सब काम करते हैं तो भी उनका का डाउनलोड नहीं होता है तो हम आपको चलिए बताते हैं कि वो लोग क्या करते है? सब हैं सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं हमने इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और यहाँ पे अपना कैप्चर भी डाल देते हैं यहाँ पे अपना हम कैप्चर फिल कर दे तो सभी लोग क्या करते हैं कि अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट करने के बाद जाता है पे क्या हैं? डालते हैं। जैसे की हम अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल के दिखाते हैं पे हमने अपना मोबाइल नंबर सबमिट कर दिया है और यहाँ पे हम क्या हैं? पे करते हैं फिंगर प्रिंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बायोमेट्रिक अपना कैप्चर लेते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं इतना करने के बाद उनका निकल के नहीं आता इसमें इस इस इस डाउनलोड कार्ड की कहता है कि अपना चेक है। मतलब इस आई डी से आपका ईश्रम कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या करते हैं अपना क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे दिखाता है की आधार लिंक मोबाइल नंबर ठीक है तो यहाँ पे सब कुछ ना जाने के बाद दो दो बार ओ ना डालने के बाद हम क्या करेंगे एक ही बार में सब काम कर सकते हैं तो हम चलते हैं फिर से अपने उसी पे तो यहाँ पर लिखे आता है अपडेट तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद तो भी हमारा क्या होता है हमारी वो साइड खुल के आती है तो क्या होता है कि बार बार ओ भेजते हैं ओ टी पी साइड में इर आता है तो इतना सब कुछ ना करेंगे एक ही बार में अपना मोबाइल नंबर डाल के ओ टी भेज देते हैं ठीक हमने इसमें अपना ओ डालने के बाद यहाँ पे आधार नंबर भी हम सबमिट कर देते हैं यहाँ पे हम अपना आधार नंबर भी सबमिट कर देंगे यहाँ पे सबमिट कर बायोमेट्रिक कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना कैप्चर को लगाना होता है तो ये क्या कह रहा है कि सॉरी यू ये एक, एक, एक फॉर्म नया खुल जाता है जिसमें हमारा जो ई सार्ड बना हुआ होता है वो यहाँ पे हमारा दिख जाता है और इसमें टोटल प्रोसेस भी कर सकते हैं हमें चाहे अपडेट करना हो चाहे कुछ भी करना हो ये देखो हमारी पूरी प्रोफाइल खुल के आ गई है इसमें हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं कहता है अपडेट ई के वैसे इन्फॉर्मेशन सब लोग इसमें बताते हैं डाउनलोड करना हम इसमें बताएंगे कि अपडेट करना भी यहाँ से अपना हम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे कहता है अपडेट प्रोफाइल हम इसमें अपने कोई भी डॉक्यूमेंट और प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं चाहे हमारी बैंक अकाउंट हुआ है चाहे ऑफ्यूपेशनल स्किल्स सुबह चाहे पर्सनल इंफॉर्मेशन एड्रेस एजुकेशन जो भी होगा वो हमें यहां से अपना अपडेट सब कुछ कर सकते हैं ये भी कोई आपको सब बताते है? नहीं हैं हम इस वीडियो में आपको एक प्रोसेस के हिसाब सब कुछ बताएंगे तो चलिए ये आप खुद कर लेना इसमें हम करके आपको नहीं दिखाएंगे इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा इसमें दिखाएंगे आपके लिए एड्रेस ये एड्रेस चलो हम करके दिखा दें तो यस इसको करेंगे इसको यस करने के बाद यहाँ पे दिखाता है कि हमारा पूरा एड्रेस इसमें सबमिट करा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे हम बाकी कुछ करने वाले नहीं हैं यहाँ पे ये यह कहता है कि अपडेट इसको मैंने अपडेट कर देंगे और कंटिन्यू ठीक है तो यहाँ पे सब कुछ अपडेट हो जाता है इसके बाद में आपके लिए बैग आना है बैग आने के बाद यहाँ पर कहता है डाउनलोड यू कार्ड इसको डाउनलोड के पे क्लिक करते हैं तो हमारा यू कार्ड यहाँ पर डाउनलोड दिखाने लगता है यहाँ से हम डाउनलोड को कर सकते हैं यहाँ पे हमारा यू का डाउनलोड हो जाता है तो हम इस वीडियो में आपके लिए पूरा प्रोसेस बताएं कि कैसे अपडेट कर सकते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो में आप जितना भी करेंगे हम आपके लिए नए वीडियो इसी प्रकार से लाते रहेंगे तो चलते हैं अगली वीडियो के साथ मिलते हैं आपके लिए जय हिंद